इसलिए कहता था कि जिसका पास्ट होता है ना कई लोग देखो जैसे हमने और बहुत सारे बच्चों के लिए भी बहुत सारा कर रही है किसी को भी किसी के पास से चेक मत करो जज मत करो आपका भी कोई ना कोई पास होगा और वो बहुत स्ट्रगल से निकल के आई है इतना आसान नहीं होता कीचड़ से निकल के खिल जाना इतना आसान नहीं होता लेकिन फिर भी उनका खुद का एक पॉजिटिव नाम है और वो इवेंट मैंने यहां सर्च क्यों किया क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कल को बहुत ही अजीब वीडियोस बन जाएंगी तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ और जिसने अगर गलत वीडियो बनाया उसको स्ट्राइक जाएगा आप गलत मत समझेगा और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि, कि किसी को भी किसी के पास से कभी चेक मत करना क्योंकि पास्ट पास्ट होता है इंसान बदलता है उसके थॉट प्रोसेस बदलते हैं और वो आगे भी बढ़ता है हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते इसको हम लोग सेशन से बिल्कुल काट देंगे जो आ, सी चीजें सामने आई थी मैं माफी चाहता हूं उसके लिए